हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीति आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ सभी का बहुत पसंद आने वाले मैगी आज हम मैगी से बनाने वाले हैं पकोरे जो बाहर से बहुत ही क्रिस्प और मैं आपको ये तोड़कर दिखाती हूँ ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और इसका टेस्ट तो सुपर टेस्टी होने वाला है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए फटाफट हम इस पकोड़ों की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पास एक पैकेट यूपी मैगी लिया है क्योंकि इसके टेस्ट मेकर में सब्जियों का भी फ्लेवर होता है तीन प्याज को मैंने इस तरह से लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है और एक आलू को मैंने छिल उसे पानी में डुबो दिया है तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम ये कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और इसे हाथों से इस तरह से करेंगे ताकि प्याज के जो लच्छे हो एक दूसरे से लगे हुए अटैच हुए सभी अलग अलग हो जाए इससे पकोड़े जो है ज़्यादा अच्छे बनते हैं इसके बाद हम ये आलू लेंगे और आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे तो मैं यहाँ छोटा वाला ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बहुत ही बारीक है तो हम इसकी मदद से इस आलू को ग्रेट कर लेंगे तो मैंने यहाँ मीडियम साइज के एक आलू को लिया है आप चाहे तो उससे ज़्यादा आलू भी ऐड कर सकते हैं जैसा आपको खाने का टेस्ट पसंद हो आलू का आलू ग्रेट हो चुकी है तो अब हम इस ग्रेटेड आलू को ये पानी में डालेंगे और हम इसे दो से तीन पानी से अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद हम इसे निचोड़कर सारा स्टार्च इसका निकाल लेंगे हमें थोड़ा सा भी पानी नहीं चाहिए आलू में तो इस तरह से हमें आलू को धो लेना है इसे हम साइड रख देते हैं और अब हम ये मैगी लेते हैं तो टेस्ट मेकर को हम हटा लेंगे अभी और इस मैगी को हम तोड़ लेंगे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हमें करने हैं ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस हमें इसके नहीं रखना है आप चाहे तो यहाँ मैगी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको जो मैगी पसंद हो उस मैगी से आप इस पकौड़े की रेसिपी बना सकते हैं तो देखिए मैगी को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है छोटे टुकड़ों में तो आप मैं इसे साइड रख देती हूँ और अब हम ये मिक्सिंग बाउल लेंगे जिसमें मैंने प्याज डाला था और इसमें अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें ये आलू के लच्छे डालेंगे आप यहाँ पास उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर कच्चे आलू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है पकोड़ों में उसके बाद हम ये मैगी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो एक चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर एड करेंगे आधा चम्मच चिली फ्लैक्स अगर आपके पास चिली फ्लैक्स ना हो तो आप चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च जिसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था और एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे आप चाहे तो अदरक लहसुन को क्रश करके भी डाल सकते हैं पकौड़ों में उसके बाद हम इसमें एक चम्मच कॉर्न फ्लोर करेंगे तो आप कॉर्न के जगह पर मैदे का या फिर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर कॉन फ्लोर से ये ज़्यादा टेस्टी लगती है और उसके बाद हम इसमें दो चम्मच पहले बेसन ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे तो बेसन का इस्तेमाल मैं अभी कम ही कर रही हूँ पहले हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ा तो हम और भी बेसन का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल करने से पकौड़े ख़राब हो जाती है इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा बेसन का इस्तेमाल किया है तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है पर इससे ये अभी अच्छे से बाइंडिंग नहीं होगी इसके सभी लच्छे हमें दिख रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करूंगी तो लगभग मैं इसमें डेढ़ चम्मच बेसन मिला दूंगी और उसके बाद हम इसे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है तो ये हाथ में अभी बहुत स्टिकी है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जितना अच्छे से हम इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे उतने ही बढ़िया पकोड़ों की बाइंडिंग होगी तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ये एक पैकेट टेस्ट मेकर ऐड करेंगे इस टेस्ट मेकर में, में सब्जियों का भी फ्लेवर होता है इसलिए मैंने ये पी मैगी का इस्तेमाल किया है और अब हम इस टेस्ट मेकर को भी इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर को हमें रेस्ट के लिए रखना नहीं है जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी हम फटाफट इसके पकोड़े बना के तैयार कर लेंगे तो मिक्सचर रेडी है तो चलिए अब हम पकोड़ा तैयार करते हैं तो पकोड़ा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है तो तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है जब तेल हल्का गर्म हो उसी समय हम मिक्सचर इसमें डालेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लूँगी और उसे हम गोल गोल सेप में इस तरह से डालेंगे थोड़ा थोड़ा बैटर लेके हमें हाथों से थोड़ा सा ऐसे राउंड कर लेना है उसके बाद डाल देना है बहुत ही ज़्यादा राउंड करने की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें इस समय हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकौड़ों को फ्राई करना है तो एक बार में जितने तेल में आ सके हम उतने ही पकौड़े डालेंगे पकौड़ों के इस बैटर में आप अपनी मनपसंद की कोई सब्जी भी ऐड कर सकते थे जैसे आप इसमें गाजर बंद गोभी आपके बच्चों को जो सब्ज़ियाँ पसंद आती है आप उसे भी इस बैटर में डालकर इसका पकौड़ा बना सकते थे पर आज मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से इस पकोड़े की रेसिपी को बनाकर बताने वाली हूँ बस हमें बाजार से लाने की मैगी ही पड़ेगी उसके अलावा सभी इन्ग्रीडियंट्स हमें घर में आसानी से मिल जाता है तो पकोड़ों को हमें तुरंत नहीं पलटना है इसे हम कुछ सेकेंड के लिए पहले एक तरफ से फ्राई होने देंगे उसके बाद हम इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम या तो मीडियम रखें या तो लो रखें उससे ज़्यादा गैस का फ्लेम हाई पर ना रखे वरना ये जो पकौड़े है ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे पर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे हमने पकौड़ों को राउंड शेप में बनाया है तो इसे पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये ऊपर से तो जल्दी क्रिस्पी हो जाती है अंदर से इन्हें पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उलटते पुलटते हमें इसे पकाना है दोनों साइड से और जब तक इसका गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें पकाना है इन पकौड़ों को तो देखिए पकोड़ों का कलर अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है और पकोड़े भी अब बिल्कुल बनकर रेडी है तो अब हम पकोड़ों को एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल हो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले मैगी के पकौड़े बनकर रेडी हो चुका है तो चलिए फटाफट हम इससे सर्व करते हैं मैगी तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तो ये पकौड़ों की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आया और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए बाय बाय